जैसमिन कोस्टा रिका की रहने वाली है वहाँ परिवार की मर्जी से शादी की लेकिन पति के साथ नहीं निभने पर तलाक हो गया परिवार तलाक के ख़िलाफ़ था इसलिए जैसमिन को सहारा नहीं दिया ऐसे में उसके सामने अपनी रोज़ीरोटी कमाने के लिए सेक्स वर्क के अलावा कोई जरिया नहीं था इस कारण वह सेक्स वर्क करने के लिए जानबूझकर अमेरिका आई और यहां नेवादा के एक वेशालय में काम करने लगी बता दे कि नेवादा में वेशवृत्ति लीगल है यहां वेशालयों को कानूनी लाइसेंस मिला हुआ है इसलिए यह रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट भी कहलाता है डॉट वेशालय में काम करने वाली जैसमिन का कहना है कि एक क्लाइंट से ही उन्हें प्यार हो गया जैसमिन ने कहा बॉयफ्रेंड ने मुझे ऐसे समय पर सहारा दिया जब वो बहुत कंफर्ट नहीं फील कर रही थी वह अक्सर मेरे पास आता था फिर हमारी ऑनलाइन बातचीत होने लगी और हम साथ गेम खेलने लगे डॉट जैसमिन ने अपनी लव स्टोरी फेमस यूट्यूबर मैट कुलेन के साथ शेयर की है जैसमिन के मुताबिक जिस वेशय में वह काम करती थी वहीं पर एक लड़का रेगुलर कस्टमर के तौर पर आता था लड़के को पता था कि वह वेशा के तौर पर काम करती है इसके बावजूद उसने जैसमिन के साथ डेटिंग शुरू की दोनों पहले मैसेज पर बात करने लगे और फिर ऑनलाइन गेम एक साथ खेलना शुरू कर दिया बाद में दोनों के बीच प्यार का इजहार हुआ और जैसमिन का बॉयफ्रेंड भी उसी वेशालय में काम करने लगा जैसमिन से जब पूछा गया कि उनका बॉयफ्रेंड भी उसी वेशालय में काम करता है तो इससे वे कैसा महसूस करती है जैसमिन ने कहा कि इस कारण अब वे सेफ फील करती हैं उसने मुझे ऐसे समय में सहारा दिया जब मैं कंफर्ट नहीं थी वेशालय में साथ काम करने वाले के साथ डेटिंग के साथ काम करने के अनुभव पर जैसमिन ने कहा यह बेहद अलग एहसास है कई बार कस्टमर हमें इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं है वह सबसे अलग है